अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे जो है वो अपने माइंड को बदल के जो है वो एक माइंडसेट दे सकते हैं कि जिसमें जो है वो हमारा माइंडसेट जो है वो बिज़नेस माइंडसेट हो जाए अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि हर बंदा जो है वह बिज़नेस नहीं कर सकता हर बंदा जो है वह बिज़स के लिए नहीं बना ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना मेरा ये मानना है कि अगर मैं बिजनेस कर सकता हूँ तो दुनिया का हर इंसान बिज़नेस कर सकता है बस शर्त ये कि उसको पता होना चाहिए कि बिज़नेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं ज़रूरी इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसका यहाँ से अवेलेबल होना और यहाँ से उस काम को समझ करना बड़ा ज़रूरी है अक्सर लोग जो है वो क्या करते इन्वेस्टमेंट तो इकट्ठी कर लेते हैं जिस तरह उनको काम बताया जाता है कोर्स बाय किया वट जो भी जिस भी तरह बाय किया उससे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई वो उसी इन्फॉर्मेशन के पीछे लग के जो है वो इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर देते हैं बट समहा कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि यार अगर इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो ये काम बेहतर हो जाता आज जब मैं अपने जो बिजनेसेज मैंने लाइफ में डबोए हैं अगर मैं उनको देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार अगर मैं इन कामों को ऐसे नहीं ऐसे कर लेता तो यह बेहतर से बेहतरीन हो जाते ऐसा नहीं है कि आप विदाउट माइंड बिजनेस कर सकते हैं मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी आपका माइंड होता है आपका दिमाग होता है मैंने लाइफ में देखा है कि अगर आप एक काम को सोच समझ के नहीं करते आप बिजनेस को दिमाग लगा के नहीं करते तो आप बहुत जल्द डूब जाते हो एक लड़का 20 साल का लड़का दिन रात एक की मेहनत की बहुत बचपन से सोचता था पैसा कमाना है पैसा कमाना है बहुत पैसा कमा लिया उसने जितना पैसा सोचा था शायद उससे ज़्यादा पैसा कमा लिया फिर एक वक्त आया उसके दिमाग ने उससे पूछा हाँ भाई नेक्स्ट नेक्स्ट उसके पास कोई प्लान ही नहीं था उसे पता ही नहीं था इसके बाद क्या करना है फिर वो डिप्रेशन के एक फेज में आया और उसने जितने करोड़ों कमाए थे वो सारे करोड़ों करोड़ों उसने गवा दिए एक ही रीजन थी कि उसका बिजनेस जो था वो माइंडसेट की तरफ जो है वो ट्यून इन नहीं हुआ होता वो, वो लड़का कोई और नहीं वो लड़का मैं ही था जिसने ये सब किया लाइफ में पहले सोचा कि पैसा पैसा पैसा कमाना है जो आप सोचते हो जो आप बार बार अपने आप को कहते हो आपका दिमाग आपको उसी तरह प्रोग्राम कर देता है आपका दिमाग इतना पावरफुल है आपका दिमाग अल्लाह तला ने ऐसा बनाया कि आप इस पूरी कायनात में जो है वो अफजल है इस पूरी कायनात में अशरफ अलमखलूक कहे गए हैं तो इसकी बहुत बड़ी रीजन है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो और कायनात में और मखलूक नहीं कर सकती इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन टफ होते जा रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि हर बंदा जो है वो बिज़नेस करे और मेरी ये भी ख्वाहिहश है कि हर बंदा जो है वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको किसी भी बिज़नेस को करने के लिए कुछ चीज़ों को फंडामेंटली उसका समझना बड़ा ज़रूरी है कि उसकी बेसिक्स क्या तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आपने एक बिज़नेस माइंड सेट करना है अडॉप्ट करना है अपने अंदर एक जो है वो बिजनेस माइंडसेट का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए इसके कुछ जो है वो कुछ रूल्स हैं सबसे पहली चीज ये कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं कौन सा आप बिजनेस करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए बेहतर है कि उसको आप एक डायरी पे लिख लें क्या वो बिजनेस हलाल है हराम है दूसरी चीज ये कि इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है ये आपने रिसर्च करनी बड़ी जरूरी है अक्सर लोग जो होते हैं बेचारे स्टार्टिंग में तो बिजनेस शुरू कर लेते हैं बस पैसा कमाना पैसा कमाना जब पैसा आना शुरू होता है तो फिर एक हलाल हराम की जंग उनके अंदर छिड़ पड़ती है तो बेहतर है कि इसको स्टार्टिंग में आप लेके चलें कि ये बिजनेस हलाल है आप ये कारोबार क्यों करना चाहते हो तीसरा सवाल आपने खुद से करना यह कारोबार आप क्यों करना चाहते हो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं अगर वह सक्सेस हुए हैं तो उनमें एक ही चीज है वो अपने साथ साथ कस्टमर्स का भी फायदा चाहते हैं तो आपने अपना फायदा भी सोचना है और कस्टमर्स को एक लॉजिक देना है कि पीछे जब उनका क्यों क्लियर होता है तो वह बिजनेस ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं इसके अलावा आपको उस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है कितनी स्किल्स आपको चाहिए होंगी कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी कौन सी डिग्री आपको चाहिए होगी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आपको उसके लिए फिर जो आपकी स्पेशलाइजेशन होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो करना पड़ेगा ना तो स्किल्स कौन सी चाहिए उस काम को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए उसके बारे में आपने रेगुलरली बेसिस पर जानना है कि मुझे उसके लिए क्या कुछ करना है आप विदाउट इन्वेस्टमेंट विदाउट स्किल्स विदाउट एनी लाइक उसके जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो चीज़ों के बगैर आप जो है वो किसी तरह उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते ये उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं हाँ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं बट विजुअलाइजेशन में भी यहां हो जाएगा लेकिन मैं समझता हूं वो एक सेपरेट टॉपिक में रहे तो वो बेहतर है उसके बाद आपने ये सोचना है कि ये जो चीज़ मुझे मिलेगी इसके बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी ये कितनी मेरी जिंदगी पर यह असरअंदाज करेगी ये जो मेरा बिजनेस होगा जिसको मैं सोचता हूँ इसके बाद मेरी लाइफ कैसी होगी क्या मुझे लाइफ में वो खुशी मिलेगी क्या मुझे लाइफ में वो सुकून मिलेगा जो मैं ये सोचता हूं एक काम आपने करना है कि आपने विजुअलाइजेशन करनी है अपने माइंड को प्रोग्राम करना है आपने आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाना है कि आपने अट्रैक्ट करना है उस बिजनेस को अपनी तरफ और आपके अंदर माइंड में जितने भी सबकॉन्शियस में प्रोग्राम है, जितनी भी चीजें हैं जितनी भी इसके अंदर नॉलेज है वो सारी नॉलेज आप लगा दें उस बिजनेस के बारे में आपने कोशिश करनी है कि आप हर नमाज के बाद इसको करो सिंपल है आंखें बंद करें आपकी जो है वो सांस बिल्कुल नॉर्मल हो आप सोचो कि आप वो बिज़नेस कर रहे हो वट जो भी आपका बिजनेस है अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हो कोई ई कॉमर्स की साइट चलाना चाहते हो वट जो भी बिजनेस है लेट लेटिस पोज कि आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना चाहते हो आप सोचो कि आपने प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट किया अलहमदिल्ला आपका बिज़नेस बहुत जल्द ग्रो हो रहा है आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है आप घर से ऑफिस जाते हो ऑफिस में जा कर आप काम करते हो मुस्कुराते हो बेचेरे के साथ लोगों से मिलते हो वहाँ चाय पीते हो कॉफ़ी पीते हो खाना खाते हो वट जो भी आप करते हो आप वो सब कुछ करके घर आते हो घर में आपका एक स्ट्रांग वेलकम होता है आपकी लाइफ टोटली चेंज होती जा रही है जो टोटली चेंज होती जा रही है और आप उस लाइफ में दोस्तों से भी मिल रहे हो माँ बाप से भी मेरे हो बहन भाई से भी मिल रहे हो इस रियलाइजेशन को बार बार बार बार एक दिन में कम अज कम पाँच बार तो आपने करना है बार बार अपने आप मोटिवेट करना है हर वक्त उसके बारे में सोचना है एक एक कदम उसके तरफ बढ़ाते रहना है रोजाना रेगुलरली बेसिस पर बढ़ाते रहना है इसके बाद आपने एक परसेंटेज अल्लाह की तय कर देनी है कि अः अल्लाह मैं ये जो कारोबार कर रहा हूँ इसमें से जो भी पैसे मुझे आएंगे इतनी परसेंटेज मैं तेरी राह में लोगों पे लगाऊंगा यानी कि इतनी परसेंटेज मैं दुनिया में बेहतरी के कामों पे लगाऊंगा और ये बेस्ट है और ये फैक्ट है कि जब आप नेचर को अपने साथ में ला लेते हो ना इस तरह फिर आपके साथ नेचर भी मिल जाएगी कायनात आपके साथ मिल जाएगी वो आपके ख्वाब को पूरा करने में आपकी पूरी जो है वो हेल्प करेगी तो बेहतर है कि आप इसको एक परसेंटेज के साथ जोड़ दें और अल्लाह ताला से वादा करें कि अल्लाह मैं इतनी परसेंटेज जो है मैं इससे इंक्रीज भी करूँगा वट एवर जो भी आपकी परसेंटेज डिफाइन होगी आप उससे अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह मेरे इस गोल को मेरे इस ख्वाब को पूरा फरमा और पूरी कोशिश करें लाइक उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें बार बार अल्लाह से मदद मांगें और अल्लाह इंसान को देता है बस इंसान को जो है ना वो लेने का एक तरीका होना चाहिए ये नहीं कि आप परेशान हो जाएँ आप रोने शुरू कर दें कि अल्लाह मुझे ख्वाब क्यों नहीं दे रहा अल्लाह मुझे मेरा ख्वाब क्यों नहीं पूरा हो रहा थोड़ा रिलैक्स रहना है अपने डिप्रेशन में कम से कम रहना है एक्सरसाइज़ करनी है ख़ुद को बेहतर से बेहतरीन रखना है एक्सरसाइज़ भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है आपका गोल भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है एक्सरसाइज करते रहना है आपने गोल भी तो ज़ाहिर है आपका थ्रू आउट पूरी ज़िंदगी चलना है आपने एक्सरसाइज़ करनी है खाना पीना अच्छा रखना है दोस्तों के साथ मिलना है माँ बाप को टाइम देना है हर किसी को अपने टाइम देना है आहिस्ता आहिस्ता रेगुलरली बेसिस पे आप देखिएगा आपका गोल और आप एक दूसरे से लिंक होते होते आपको नजर आएंगे आई एम श्योर अगर आप अपने पास इन चीज़ों को लिख के रख लेंगे और रेगुलरली बेसिस पे आप अपने गोल को देखेंगे और ये अमेजिन करेंगे कि आपका एक एक कदम अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है कुछ ही दिनों बाद कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे जो काम आप सोचते थे कि ये कभी नहीं हो सकता अच्छा एक और मैं आपको बताता हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप देता हूँ जब आप पहली दफ़ा आंखें बंद करेंगे और आप उस गोल को सोचेंगे तो वो गोल आपकी पकड़ में नहीं आएगा और जिस दिन वो गोल आपकी पकड़ में आना शुरू हो गया आपने आँखें बंद की और आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उस गोल को देखना शुरू कर दिया ना समझ आइएगा और वह वक्त वाकई वो वक्त होगा जब आप अपने गोल के बिल्कुल करीब होंगे आप खुद ये बात नोट करेंगे और आप खुद देखेंगे भी इस बात को कि मैं तो यार अपने गोल के बिल्कुल करीब आ गया तो बिजनेस करने के ना ये रूल्स है कि हमने सबसे पहले बिजनेस को दिमाग में करना है कि ये बिजनेस कैसे होगा कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ होगा क्या क्या इसके लिए स्किल्स चाहिए और मेरी उसके बाद लाइफ पे ये इंपैक्ट क्या डालेगा क्या मुझे इस सब को करके वो खुशी मिलेगी क्या मुझे इस सब को करके वो सुकून मिलेगा मेरी लाइफ उसके बाद क्या होगी तो जो आपका सब कॉन्शियस है वो खुद ही आपको पूरा रोड मैप दे देगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ये गोल आपके बिल्कुल नज़दीक होता नज़र आएगा और आप इस गोल के बिल्कुल नज़दीक जाते हुए नजर आएंगे बट अगेन याद रखिएगा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है ना वो आप लाइक जो आप सोच रहे हैं वैसे हो बा दफ़ा अगर कोई कुदरत हमें चीज़ नहीं देती बल्कि हमेशा उसमें हमारे लिए ही बेहतर होता है तो बहुत ज़्यादा लाइक like उस चीज़ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप अल्लाह से दुआ करें और गोल के लिए पूरी कोशिश करें मेहनत करें अगर कुछ नहीं बनता उस तरफ तो प्लीज़ अपने आप को परेशान करने के बजाय कीप इट माइंड कि ये जस्ट आपके लिए बेहतर था इसलिए अल्लाह ने वो चीज़ आपको नहीं दी अल्लाह ताला हम सब के हालात पर रहम फरमाए और हम सब के लिए सकून फरमाए आसानियाँ फरमाए बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में अल्लाह ताली हर किसी की मदद फरमाए और गैर भी मदद फ़माए बाकी वीडियो का एहतमाम यही करते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे तो अमें याद रखिएगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असल अल्लाफ़